दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकती हैं। दोस्तों अगर आप अपने आधार सेंटर के बार बार चक्कर लगा रहे हैं और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसान तरीके ऐसी अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और आप गूगल में टाइप करेंगे UIDAI उसके बाद आप सर्च करेंगे जैसा आप बता लिखा सर्च करेंगे देखिए आपको सबसे फर्स्ट हमारे वेबसाइट मिलेगी UIDAI.gov.in आई ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए आपको इसको डॉन करना है अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलेगा गेट आधार यहाँ पे आप देख सकते हैं और जैसे आप गेट आधार पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सेकेंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट इस पर आपको क्लिक करना है बुक एंड अपॉइंटमेंट इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी अब देखिए आप अपने आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट करा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे देखिए आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम चेंज कर सकते हैं अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं और आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं या आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या लिंक करना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है ई मेल अगर आप अपने आधार कार्ड में ई मेल लिंक करना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड में ई मेल भी लिंक कर सकते हैं उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ जेंडर और यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है बायोमेट्रिक फोटो फिंगरप्रिंट ठीक है अगर आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या बायोमेट्रिक फ़ोटो फिंगरप्रिंट चेंज करना चाहते हैं वो भी आप अपडेट करा सकते हैं ठीक है तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है सबसे लास्ट में आना है और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा प्रोसी टू बुक अपॉइंटमेंट इस पर आपको क्लिक करना है सबसे लास्ट वाले आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आप देखिए हमारी जो डिटेल है वहां पे ओपन हो चुकी है अब यहां पे देखिए आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर उसके बाद आपको ऑप्शन आप मिलता है ईमेल आईडी अगर आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हैं तो यहां पे आप ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर आप, आप अपनी ई मेल को सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर आपको अपनी ई मेल डालनी है जो सी आप अपने आधार कार्ड में ई मेल को लिंक करना चाहते हैं ठीक है अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है और जो सा आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है ठीक है तो जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर आप फिल कर दीजिए तो यहाँ पर जो मैं मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ ये कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इस पर आप कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा ओके तो देखिए यहाँ पर मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा यहाँ पे आप दे सकते हैं ये वाला कैप्चा कोड आपको इस कॉलम में फिल कर देना है तो यहाँ पे मैं कैप्चा कोड को बिल्कुल सही तरीके से डाल देता हूँ आपका जो भी कैप्चा कोड है उसे आप यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से फिल कर दीजिए ठीक है तो कैप्चा कोड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए मैंने कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर दिया है कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आप दे सकते हैं सेंड ओ इस पर आपको क्लिक करना है सेंड ओ जैसे आप सेंड ओ पे क्लिक करेंगे आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है इस पर ओ टी सेंड किया जाएगा और यहाँ पे मैं कस्टमर से ओ प्राप्त कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे मैं अभी आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूँ ठीक है तो दोस्तों हमारे मोबाइल पे ओ टी सेंड कर दिया गया है जैसे आपके मोबाइल पे ओ टी सेंड हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला जो कॉलम है इंटर ओ ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप अपना ओ डाल दीजिए जो भी आपके मोबाइल पर ओ टी है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओ प्राप्त कर लिया है उसके बाद देखिए जैसे आप ओ डालेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट ओ टी पी एंड प्रोसीड इस पर आप क्लिक करेंगे सबमिट ओ टी पी एंड प्रोसीड अब देखिए आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे न्यू इनरोलमेंट और यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा अपडेट आधार तो आपको यहाँ पे क्या करना है अपडेट आधार पर आपको क्लिक कर देना है अपडेट आधार पर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा जो भी आपके आधार कार्ड में नाम है वहां पे आपको फिल कर देना है उसके बाद यहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना है जिस आधार में आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वो आधार नंबर को यहां पे आप फिल कर दीजिए तो देखिए यहां पे मैंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया है उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है वाट डू यू वांट टू अपडेट आप क्या चीज़ यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप अपना नेम अपडेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेम पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर तो आपको यहाँ पे क्या करना है मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड इस पर आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कैंसिल और ओके तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अपडेट मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा लिंक करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है चलें यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई देगा ये वाला यहाँ पर जो कैप्चा कोड है आपको इस कॉलम में फिल कर देना है तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड को बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर फिल कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने कैप्चर कोड को डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सेंड ओ आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया है इस पर एक ओ भेजा जाएगा यहाँ पे आपको सेंड ओ पे क्लिक कर देना है अब देखिए हमारे मोबाइल पे एक ओ सेंड कर दिया गया है signs. तो यहाँ पे आपके मोबाइल पर जो भी ओ टी है उसको यहाँ पर आपको इंटर ओ में यहाँ पर फिल कर देना है तो यहाँ पे मैं कस्टमर से यहाँ पे ओ प्राप्त कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे हम इंटर ओ में यहाँ पे फिल कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने कस्टमर से ओ प्राप्त कर लिया है उसके बाद यहाँ पे, पे आप क्या करेंगी वेरीफाई ओ क्लिक करेंगी चलिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अगर आपका ओ सही होगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाई ओ हो जाएगा तो देखिये हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है ठीक है अब आपको क्या करना होगा अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आप दे सकते हैं सेव एंड प्रोसीड इस पे आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन यहाँ पे डिटेल मिलेगी तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ इसपे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सबमिट पे क्लिक करना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आप मिलेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दिया गया है अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ आप पे एक अपॉइंटमेंट आई नंबर देखने को मिल जाएगा इस अपॉइंटमेंट आई नंबर को आप नोट कर लीजिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आता है बुक अपॉइंटमेंट इस पर आप क्लिक करेंगे बुक अपॉइंटमेंट सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन बताया सच बाई सेंटर नेम आपका आधा सेंटर का क्या नाम है आप किस आधा सेंटर पे जाना चाहते हैं उस आधा सेंटर को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको आधा सेंटर का नाम नहीं पता है तो यहाँ पे आप अपने एरिया का जिस एरिया में आधा सेंटर चला है उस एरिया का यहाँ पे पिन कोड डालेंगे आपका आधा सेंटर आ जाएगा अगर आपको अपना आधा सेंटर नहीं पता है और आप अपने आधा सेंटर का पिन कोड भी नहीं पता है यहाँ तो पे देखिए आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना होगा तो जो भी आपका स्टेट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेकेंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रिक्ट तो आपके इस डिस्ट्रिक्ट में अपने आधार सेंटर पे जाना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट तो है को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्रखाबाद को सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पोस्ट ऑफिस तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना है ठीक है तो जिस एरिया में यहाँ पर आप आधार सेंटर पर जाना चाहते हैं उस एरिया का पे आप पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लीजिए तो फिलहाल यहाँ पे मैंने फरुखाबाद पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है विलेज टाउन सिटी तो यहाँ पे आपको अपना विलेज टाउन सिटी को सिलेक्ट कर लेना है तो फिलहाल यहाँ पे मैं फरुखाबाद को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गेट डिटेल्स इस पर आप क्लिक करेंगे गेट डिटेल्स गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसमें देखिए यहाँ पे आधा सेंटर आ चुका है और यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा किस नाम से आधा सेंटर चल रहा है ठीक है और यहाँ पे आप अपनी एरिया का पिन कोड भी दे सकते हैं किस एरिया में आधा सेंटर चल रहा है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन था बुक अपॉइंटमेंट इस पर आप क्लिक करेंगे बुक अपॉइंटमेंट बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी यहाँ पे देखिए कैलेंडर ओपन हो जाएगा ये जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में डेट दिख रही है इसको यहाँ पे आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं तो फिलहाल है यहाँ पे मुझे तेरह तारीख और चौदह पंद्रह सोलह की यहाँ तो पे स्लॉट बुकिंग मिली है तो यहाँ पर मैं तेरह तारीख को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना है आप किस टाइम पर आधा सेंटर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं वन पी को सिलेक्ट कर देता हूँ उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आप जब आधा सेंटर जाएंगे जो आपने डेट टाइम सेलेक्ट किया है उसी डेट टाइम को आपको आधा सेंटर जाना है और आपको पचास रुपये पे करने होंगे आधा सेंटर पर ठीक है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड वेट करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपको एक पी फाइल मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पी फाइल है वहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर आपको इसे ओपन पे क्लिक कर देना है चलिए यहाँ पर मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पीडीएफ फाइल है वहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है चले यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं हमारी यहाँ है पे पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है ठीक है अब देखिए हमारा आधार अपडेट फॉर्म ओपन हो चुका है इस फॉर्म को आपको किसी भी साइबर कैब जाके इसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको उसी डेट टाइम पर जाना है जो आपने डेट टाइम सेलेक्ट किया है और आपको उसी आधार सेंटर पे जाना है जो आपने आधार सेंटर सेलेक्ट किया है वहाँ पर आपको ये पी फाइल देनी होगी ठीक है आपने जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करवाए हैं प्रिंटआउट लगवाई है ठीक है वो वाले आपको डॉक्यूमेंट दे देने हैं और आपको 50 पे पे करने होंगे और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं यही एक सबसे आसान तरीका है अगर आप ये अपने आधार कार्ड की स्लॉट बुकिंग नहीं करते हैं तो आपको आधार सेंटर में बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे इससे ये फ़ायदा है केवल आपको डेड टाइम मिल जाएगा उसी डेड टाइम पे आपको जाना है और आपको पचास रुपये पे करने होंगे और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं